आ बच्चों जल्दी से बच्चों क्लास ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी बच्चों जल्दी जल्दी बच्चों वक भुट्टा सिंह आ गए बेटा भुट्टा सिंह वेलकम कपोर वेलकम वाह आज तो महात्मा बुद्ध जी आए वाह मैं धन्य हो गया महात्मा बुद्ध आज हमारे लाइव सेशन में जुड़े वाह सिंह तुम चलो बच्चों अब जल्दी से किताबें खोलो पढ़ाई शुरू करते हैं क्या वाह बच्चो सुनाई नहीं दे रहा है हेलो हेलो हलो चलो बच्चों अब जल्दी से किताबें खोलो पढ़ाई शुरू करते हैं तो बच्चों आज नेटवर्क समस्या से आज क्लास नहीं ले पाएंगे बच्चों बच्चों कुछ दिन से प्रिया ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर रही थी तो आप में से कोई उनसे कांटेक्ट कर ले बच्चों मैं प्रिया का नंबर देता हूँ ओ प्रिया का नंबर कैसे दू आपको तो सुनाई नहीं दे रहा है सर लिख के, के बता दो, दो। अब चुपचाप किताबें खोलो यार कम से कम सोचना तो चाहिए कि सर हमें नंबर क्यों दे रहे हैं जब सर के पास तो फोन है।, है अब बच्चों चुपचाप किताबें खोलो तो बच्चों आज कौन सा पाठ पढ़ाया जाए सर त्रिकोणमिति पढ़ाया जाए नहीं सर एल्जेबरा पढ़ाया जाए हाँ सर हाँ सर ट्रिकोनोमेट्री पढ़ाओ बेटा ये त्रिकोणमिति कौन से विषय का पाठ है सर गणित का नहीं नहीं नहीं नहीं गणित वणित छोड़ो अब गणित छोड़ो अब हिंदी निकालो हिंदी हाँ सर ट्रेकोन पढ़ाओ पर सर आप तो गणित के शिक्षक हो नहीं बेटा गणित का शिक्षक था अब बेटा मैं सब भूल गया हूं तो अब गणित छोड़ो और हिंदी निकालो और उसमें भी दो बैलों की कथा वाला पार्ट निकालो तो बच्चों, दो बैलों की कथा में लेखक ने कितना सुंदर वर्णन किया है पर सर सला मैम ने जो आपका सुंदर वर्णन किया है उससे ऐसा कोई कर नहीं सकता सर नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं हाँ सर सला मैम बहुत कुछ कह रही थी सर नहीं नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं और, और और क्या कह रही थी मैडम आप कितने अच्छे हो कितने सुंदर हो नहीं नहीं नहीं बेटा नहीं, नहीं ऐसी बातें बेटा क्लास में नहीं करनी चाहिए और और क्या कह रही थी मैडम मैम कह रही थी कि सर कितने और सर सर तो एकदम मेरे बाईसवे बो फ्रेंड की तरह लगते बच्चों सब ड्रामे बंद करो और पढ़ाई शुरू करो